करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो तो करते रहोर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना मुन अगर मुन चमील की दिल में तमन्ना दिल में तमन्ना अगर मुन चमी की दिल में तमन्ना अगर मुन चमील की दिल में तमन्ना करो चूदयन करन धीरे दीर धीरे करो चूदयन धीर धीरे जो करते रहोगे भजन धीर धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीर धीरे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 जो करते रहोगे जतन धीर धीरे जो करते रहोगे जतन धीर धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे दीर धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीर धीरे प्रेम से भक्ति सेवा हरी की करो प्रेम से भक्ति सेवा हरी की सेवा हरी की करो प्रेम से भक्ति सेवा हरी की तुम तो मिल जाएगा वो रतन धीरधी दी। करते रहोगे भजन धीर धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीर धीरे तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीर धीरे तुम मिल जाएगा हम्म mm -hmm.